साथियों नमस्कार आज हम देने जा रहे हैं आप लोगों को किस्मत की एक चाबी जी हाँ आप लोगों को थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो रही होगी लेकिन हाँ बिल्कुल सही है और आज आप अपनी चंद्र राशि अगर आपको पता है तो अच्छी बात है या आपको अपने नाम की राशि पता है तो भी बहुत अच्छी बात है और केवल एक चीज आपको अपने पास रखनी रहेगी और वो बिल्कुल आपके लिए लक फैक्टर कह लें या किस्मत की चाबी कह लें उसी की तरीके से काम करेगी एक्चुअली में होता है कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं और राशियां होती हैं उनके लिए उनका एक विशेष पॉइंट होता है और उसी बिंदु से वो राशि और ग्रह नियंत्रित होता है तो आपको हम चाबी देने जा रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो कैसे और ज़्यादा निखार करें आपका भाग्य जो है प्रॉपर कैसे साथ दे और भाग्यशाली वस्तुओं को यदि घर में रखा जाता है अपने पास रखा जाता है तो समस्याओं का अंत बिल्कुल होता है और आपको निश्चित सफलता मिलती है यह वस्तुएं जो होती हैं सामान्यतः साधारण वस्तुएं होती हैं और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है उनका विशेष प्रयोग और रख यदि आप सही से कर रहे हैं तो वही आपके लिए बड़ी अद्भुत हो जाती है तो क्या है इन वस्तुओं को रखने के नियम और सावधानियाँ इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे जो भी वस्तुएं रहेंगी या तो प्रातःकाल रखी जाएंगी या शाम के समय रखी जाएंगी आप इनको दूध अथवा जल से भी देखिए शुद्ध इनको जो है जरूर कर लीजिएगा और बार बार इनका स्थान आप लोग प्लीज मत बदलिएगा इसलिए इनको नियत स्थान पर ही आपको रखना होगा तो मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक रहेंगे दिल थाम करके आप लोग बैठे रहिए आपको किस्मत की जो है चाबी हम जरूर जो है देने जा रहे हैं और एक बात बताएँगे दर्शकों देखिए जो उपाय हम बता रहे हैं इन उपायों को आप कुछ दिन तक की करिए आप लोग हमारे पास या आते होंगे या किसी और ज्योतिषी के पास जाते होंगे तो दो चार दिन एक हफ्ते दस दिन में कोई भी ज्योतिषी आपका भाग्य नहीं बदल सकता है और बाद में आप लोग कहने लगते हैं फला ज्योतिषी खराब है फला ज्योति खराब है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा उसका कोर्स तो करिए छः महीने साल भर का तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए आप लोग आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जो उपाय बताते हैं करिए है। ये भी जो हम प्रयोग बता रहे हैं आप लोग हमारे पास भले ना आइए लेकिन इस प्रयोग को आप कम से कम छह महीना दीजिए आप खुद देखेंगे कि भाग्य का प्रॉपर साथ आपको कैसे मिल रहा है तो दर्शकों आप लोग तैयार हैं ना और आगे बढ़ें उससे पहले देखिए दर्शकों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी वीडियो को लाइक करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ग्रुप जरूर शेयर करिए क्योंकि से मीन राशि राशि तक के के के जातकों जातकों लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। मकर के आपको ऐसा कौन सा हम जो है किस्मत कनेक्शन बताएं या भाग्य की चाबी हम आपको दें कि भाग्य आप पर मेहरबान रहे तो करना क्या रहेगा देखिए आपको थर्सडे गुरुवार वाले दिन प्रातःकाल काले घोड़े की नाल लानी है और इसको घर के मुख्य द्वार पर आपको स्थापित करना रहेगा शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को और घर के दाहिनी ओर आपको स्थापित करना है आप जब घर से निकले तो अपने राइट साइड आपको इसको स्थापित करना रहेगा और अपने पूजा घर में एक हल्दी की गांठ काली हल्दी जो आती है पीली हल्दी ने काली हल्दी आती है इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा मिलेगी थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मिलेगी तो एक हल्दी की गांठ आपको अपने पूजा घर में हर समय रखनी रहेगी किसी भी कार्य पर जाने से पूर्व काली सरसों के कुछ दाने अपने पॉकेट में रख लीजिएगा और फिर उस कार्य के लिए निकलिएगा निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा तो कैसा लगा ये वीडियो मकर राशि के जात आप लोग जरूर बताइए और अभी तक यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बैलाइकन दबाइए और हाँ हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर करिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार